se pade stop bol tickets pe wo red red bhai bhai bhai bhai bhai daddy, daddy. tickets tickets नहीं। भाई लोग बंदा चिन बंदा चिन मारा मारा। आई क्या मारा। लेट लेट लेट लेट। लेट लेट लेट। ठेहरा ठेहरा ठेहरा ठेहरा। भाई। हाहाहा। आई ये ऑलरेड ऑलरेड right, right. अरे नाइस नाइस बच गए भाई मेरे को तो पेट ही दिख रही थी मेरे...